भगवान श्री राम जब गंगा पार करके आगे वन में पहुंचे भील की रात आदि देवता लोग जो दूसरा वेश करके और वहां रह रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए आकुल हैं और सभी ने मिलकर के भगवान के रहने के लिए एक वर्णकुटी का निर्माण किया उस समय का छोटा सा भजन पत्ता पत्ता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं फिलका फिलका जोड़ते जाते हैं महलों के वासी जंगल में कुटी बनाते महलों के वासी जंगल में कुटी बनाते हैं। पता पता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं। राजमहल में पाया जीवन फूलों में हुआ लालन पालन राजमहल में पाया जीवन फूलों में हुआ लालन पालन राजमहल के याद सभी सुख त्याग अयोध्या त्याग सिंहासन त्याग अयोध्या त्याग सिंहासन कर्मनिष्ठ हो अपना अपना धर्म निभाते हैं महलों के वासी जंगल में कुटी बनते जन जन के सिए बन को जाते हैं सुनते ही देवों ने बनाकर सुनते ही देवो ने आकर भील की रात का वेश बनाकर पर्ण रहने को प्रभु के रख दी हाथों हाथ बनाकर रख दिया तो बनाकर राम सिया की सेवा करके पुण्य कमाते हैं महलों के वास जंगल में कुटी बनाते हैं पता पता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं जन जन के प्रिय राम कन सी बन को जाते हैं बन को जाते हैं बन को जाते, हैं। बन को जाते, हैं। बन को जाते हैं।